गुड मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास आज का सेसन कल वहाँ तक कल करा दिए थे हमें कल स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन कम्प्लीट करा दिए थे वर्ग पर आधारित प्रश्न कम्प्लीट हो गए थे अब वर्ग पर आधारित प्रश्न के बाद हम करेंगे, करेंगे. वर्ग पर आधारित प्रश्न के बाद आज क्वेश्चन करेंगे सम सटभुज समुज पर आधारित प्रश्न करेंगे तो सम सटभु पर आधारित प्रश्न यानी कि हेक्सागोन हेक्सागोन टाइप के क्वेश्चन करेंगे हेक्सागोन हेक्सागोन सम के क्वेश्चन करेंगे यानी सम सटोज के क्वेश्चन करेंगे क्या है सम सटुज के क्वेश्चन को देख लेते हैं सम के बेस क्वेश्चन किसी समुझ की भुजा 12 सेंटीमीटर है सम का क्षेत्र कितना होगा एक हुआ है इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है है एक सम जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है एक सम समुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा एरिया कितना होगा वो पूछा है सम सतमुच की भुजा 12 सेंटीमीटर है एरिया कितना होगा तो एरिया लगाएंगे इसमें बनते हैं बीच में सेंटर से मिला दो तो तीन एक एक दो ऐसे मिला दो सेंटर से इसमें कितने एक दो तीन चार पाँच छः छः ट्रायंगल बन जाते हैं तो समझ में कितने ट्राइंगल बन जाते हैं छह तो उसका एरिया होता है सिक्स इंटू और एक जो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है कार्ड दो दो तीन चार होती है छोड़ा थ्री रूट थ्री अपॉन्ट टू ए की वैल्यू है यहाँ पर बारह इंटू बारह दूसरे कार्ड दिया बारह छः कितना आ जाएगा बारह छः बहत्तर बहत्तर में तीन का उड़ा करेंगे तीन, तीन तो ती दो तीन छः तीन सौ तीन दो सौ सोलह और रूट थ्री की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट दो सौ सोलह रूट थ्री आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं दो सौ तो सोलह रूट थ्री इसमें एरिया निकालना है, सेंटीमीटर का सवाल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर हो जाएगा दो सेंटी, है है सेंटीमीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन क्या है एक समसठ का क्षेत्रफल कितना है तो उसकी की माप कितनी होगी एक समसठ है जिसका क्षेत्रफल दिया है इसकी रूट थ्री समुज होता है वो बराबर हो। तो इसका ऑलरेडी जो क्षेत्रफल है वो मैं कहना चौवन रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर एक समुज है जिसका क्षेत्रफल है चौवन सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका चौवन रूट थ्री सेंटीमीटर इसकी भुजा कितनी होगी तो क्या होता है इसका एरिया दे रखा है चौवन रूट थ्री चौवन रूट थ्री तो इसका एरिया निकालते कैसे हैं सिक्स इंटू रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वा बराबर इसके है चौवन और रूट 6 से काट दें 6 से कितनी बार कट गया 9 कैसे कट गया 9 बार और √3 से काट दें तो √3 से √3 कट गया 4 का गुणा करेंगे 4 का 9 में गुणा कितना होगा 4 का 9 में गुणा 36 4 का 9 में गुणा 36 तो a का मान कितना आ गया a का मान आ गया 6 सेंटीमीटर b का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर ए बराबर हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक सनसटुच का विकंड 16 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो एक समुज है जिसका तरीके से बनेगा इसका कितना है है सोलह सेंटीमीटर एक समुज है जिसका भ्रिकण है सोलह सेंटीमीटर विकर्ण सोलह सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल कितना होगा का कितना है सोलह सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हुआ अगर ए साइड है ए है तो इसका जो बिकरण होता है वो टूवे होता है मालूम है। का जो हुआ वो टूवे बन जाता है सोलह टू ए बराबर है सोलह तो टू ए बराबर कितना है सोलह तो टू ए बराबर सोलह तो ए बराबर कितना आएगा ए बराबर आएगा आठ सेंटीमीटर ए बराबर कितना आ जाएगा आठ सेंटीमीटर अब ए क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास एरिया निकालें तो इसका एरिया होगा रूटना स्क्वायर मतलब आठ इंटू आठ दें चार आठ 96 96 तो एरिया होगा नाइन्टी सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वा अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर है सात सेंटीमीटर भुजा के सम समझ का परिवर्तन का क्षेत्रफल कितना होगा सात सेंटीमीटर भुजा का है, आजा था था। आजा था था है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भुजा का, का का का एक एक इसके इसके क्षेत्रफल कितना ऊपर से सर्कल सर्कल बनाया गया है। इस एरिया कितना होगा? इस सर्कल का एरिया कितना होगा? ऊपर से बनाया गया सर्कल है इसका एरिया कितना होगा? ऊपर से एक सर्कल बनाया गया है इस सर्कल का एरिया कितना होगा क्या करेंगे वो देख लें। 7 सेंटीमीटर की का। एक है का कितना होगा? इसका ऊपर से एक व्रत बनाया है इसका कितना होगा वो इनसे पूछा तो हम तो कैसे निकालेंगे इसके रेडियस निकाल तो इसकी जो रेडियस होगी उसकी रेडियस होगी 7 उसकी रेडियस तो कितनी होगी 7 क्योंकि जब हम हम इसे सेंटर से मिलाएंगे तो ये जो हमारे पास r बराबर भागों में बटे आता है उसकी जो रेडियस होगी वो 7 होगी तो रेडियस एरिया कितना होगा परिगत का एरिया होगा पाई r स्क्वायर मतलब पाई बटे 7 इनटू 7 इनटू 7 उससे कट गया 7 से 7 227 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर होता फिफ्टी फोर सेंटीमीटर वन फिफ्टी 54 सेंटीमीटर cm, 154 स्कूर 154 सेंटीमीटर अगला सवाल क्या है वो देखेंगे अगला सवाल हमारा दिया है चौदह सेंटीमीटर भुजा के उच्च के समतावृत का क्षेत्रफल कितना होगा चौदह सेंटीमीटर भुजा के का के का का, का का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना कितना होगा? होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर भुजा भुजा अंदर से एक सर्कल बनाया जाए ठीक है? अंदर से एक सर्कल बनाया जाए, तो वो सर्कल जो होगा वो टच करते हुए अंदर से एक सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल क्या होगा इसको टच करते हुए बनेगा तो अंतः का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछा है चौदह सेंटीमीटर बुझा के अंतः का क्षेत्रफल कितना होगा तो हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी तो जिससे हाँ टच कर रहा है तो रेडियस इसकी क्या होगी जीवाला जबकि हमें जीवाली लाइन कितनी दी है चौदह जी लाइन चौदह दी है जो कितनी होगी तो देखिए आप सेंटर वो बना दिया यहाँ हमने नाम डाल दिया A यहाँ डाल दिया B यहाँ डाल दे रहे हैं जी एस तो करते हैं तीन तो एक ट्राइंगल नज़र आएगा वो तो ट्राइंगल कितने का होगा 90 डिग्री का तो ये लंबाई निकालने के लिए 14 के आधी जो हुई गई सात तो ओ की लंबाई निकालने के लिए हम अंडर रूट में लगाएंगे 14 का स्क्वायर माइनस सात का स्क्वायर 14 का होता है वन और सात का होता है तो इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सोलह में से नौ गया सात और आठ में से चार गया चार सैतालीस एक सौ सैतालीस हो जाएगा सात रूट थ्री सात रूट थ्री किसमें आ गया सेंटीमीटर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर मतलब मतलब का कितना है से सो सो सोलह तीन चार आठ सौ तो बासठ सेंटीमीटर स्क्वा तो आंसर हो जाएगा चार सेंटीमीटर स्क्वायर आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया से क्या कहा गया है? सम चतुर्भुज की समांतर हो जाए बीस और पच्चीस है एक समलम चतुर्भुज है 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है एक समलम चतुर्भुज है जिसकी समांतर हो जाए बीस और 25 है इनके बीच की लंबवत दूरी अठारह है इनके बीच की ये दूरी जो है वो 18 अच्छा है। इनके बीच की दूरी 18 अच्छा है। एरिया कितना होगा? एरिया होगा 1.2 समोपेलस है। यानी 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 इंटू हाइट। हाइट 50 है, 18 है। तो उसे काट के नौ बराबर होगा कितना 25 बीस पैतालीस नौ ए बराबर होगा हुआ नौना पैंतालीस वन पॉइंट टू सम ऑफ साइड बीस और पच्चीस का टोटल कितना पैंतालीस इंटू अठारह तो दो से काट दिया नौ कितना आ जाएगा चार सौ पाँच दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक समलंब का क्षेत्रफल 580 है। एक समलंब का क्षेत्रफल अस्सी है 580। इसका ऑलरेडी जो क्षेत्रफल है वो 580 है क्षेत्रफल तो 580 है समांतर हो जाए तीस और अट्ठाईस है अट्ठाइस है और 30 है समांतर तीन सौ अट्ठाईस है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए क्या निकालना है इनके बीच की दूरी बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे एरिया दिया रखा है एरिया कितना साथ एरिया निकालते हैं मनाप अट्ठाईस प्लस तीस हाइट बराबर पाँच ठीक है दो का क्या हो गया है आठ तीन दो पाँचना सोलह की छ एक ग्यारह सौ साठ बार तो हाइट इसकी हो गई बीस सेंटीमीटर हाइट इसकी बीस सेंटीमीटर कर तो लेंगे इसको है। दिया हुआ है। इसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 और 30 मीटर है इसमें 5 मीटर की कितनी वर्गाकार त्यारिया बनाई जा सकती है इसी आयत की।, की लंबाई और चौड़ाई पैंतीस मीटर और तीस मीटर है लंबाई पैंतीस मीटर है और चौड़ाई तीस मीटर है इसमें पाँच मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है इसमें वर्गाकार कार क्या हूँ काटती है क्या एक ये ऐसे काटते हैं और इसकी कुत्ते की भुजा कितनी लेनी है पाँच पाँच लेनी है कितनी वर्गाकार क्यारियां काटी जा सकती हैं तो देखिए यार पैतीस में अगर हम पाँच से भाग दे दें तो हमारे पास सात बनेगी यहाँ पर इस तरीके की कि कितनी कि बनेगी तीन चार पाँच छः और सात सात बनेगी ऊपर सात में ऊपर बनेगी रो में कितनी बनेगी सात और अगर हम कॉलम की बात करें तो कोलोन में कितनी बनेगी हमारे पास तीस है अगर हम तीस में पाँच का भाग ले दे लें तो हमारी बनेगी छः यानी अगर हम इस तरीके से देखें तो दो तीन चार पाँच छ छः बनेंगे तो एक लाइन में सात हैं और टोटल छः लाइन हैं तो कितने स्क्वायर बन सकते हैं स्क्वायर बनेंगे कितने सात गुणा छः मतलब कितना बयालीस स्क्वायर बन जाएंगे राइट आंसर आएगा अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर टू इसमें दिया हुआ है किसी कमरे का पर्स की माप 10 मीटर है और 8 मीटर है इसके अधिकतम माप कितनी वर्गा का डिजाइन बनाए सकते किसी कमरे के पर्स की माप 10 मीटर और 8 मीटर है ये कमरा है जिसके पर्स की माप कितनी है 10 मीटर और 8 मीटर तो क्या कहा गया है एक कमरे की पर्स की माप 10 मीटर 8 मीटर है कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती है तो बर्गा डिजाइन बनानी कितनी बनाई जा सकती है तो देखें एक लाइन में बन जाए कितने एक बाई एक का बनाए तो दस क्वेश्चन में कुछ और भी है क्या बस दस मीटर आठ मीटर है इसकी इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्ग का डिजाइन बना अच्छा अधिकतम माप की क्वेश्चन में बोला गया है एक कितना है आठ मीटर समझना है आपको एक आयत है जिसकी ये है आठ मीटर और ये है दस मीटर. तो इसमें अधिकतम माप की स्थिति बनाएंगी तो अधिकतम माप के लिए अधिकतम के लिखा है तो अधिकतम के लिए हम क्या निकालें निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे इसका जब कितना आएगा आठ और दस का आठ और दस का निकाल पढ़ क्या दो से बच्चों को आठ दो बन के दस यानी एस सी एफ जो आ गया कितना आ गया दो एस सी आ गया कितना इसका आठ और दस का आठ के कितने हो जाएंगे दो गुणा दो गुणा दो और दस के हो जाएंगे दो गुणा पांच तो कितना आ जाएगा तो दो बाय दो का कितना बनाना है दो बाई दो का बनाना है दो बाय दो के बनाने कितने बन हैं तो हम देखें एक लाइन में कितने बन जाएंगे अगर हम रो में बात करें तो रो में 10 की रो है जिसमें दो का बाल दे पाँच बनेंगे और ट्वेलवन में देखें तो ट्वेल में कितने बनेंगे आठ का है तो दो का बाल देते हैं तो चार बनेंगे तो टोटल जो स्क्वायर बन के आएंगे कितने बनेंगे स्क्वायर पाँच गुना चार कर दो यानी कितने बन जाएंगे बीस बनेंगे कितने स्क्वायर बन जाएंगे तो राइट आंसर इसका होगा बीस स्क्वायर बने कितने स्क्वायर बनेगी आंसर है इसका बीस अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है यदि आयत की लंबाई 90 है और चौड़ाई 80 है एक आयत है जिसकी लंबाई 90 है और चौड़ाई 80 है और एक हमारे पास है। वर्ग है तो वो क्वेश्चन में कहा है एक आयत है एक वर्ग है एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है दोनों का क्या है आयत दोनों में लंबाई आठ और नब्बे अस्सी है वर्ग की भुजा कितनी होगी ए का मान कितना होगा जबकि इसका एरिया बराबर है इसके एरिया में एक आयत है जिसमें लंबाई नब्बे है चौड़ाई अस्सी मीटर है <coughs> तो इसका एरिया और इसके एरिए के बराबर है तो क्या निकालना है हम निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? बराबर बराबर बराबर किसके ए ए। ए तो बराबर किसके a a a a a मतलब स्क्वायर। स्क्वायर। तो तो के के बाद आ जाएगा कितना के बाद साठ रूड़ दो आएगी इसकी पूजा साठ रूट दो से पूजा हो जाएगी साठ रूट दो से क्वेश्चन और है इसी तरीके का इसको हम रख लगा लेते हैं एक बार में क्वेश्चन कराऊंगा एक बार में क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत है 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत है 25 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है पच्चीस मीटर लंबा बीस मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है इससे बनाए गए बड़े से बड़ा वर्गाकार खेत का क्षेत्र कितना होगा इस खेत से बड़े से बड़ा वर्ग बनाना है तो बड़े से बड़ा वर्ग, वर्ग, तो वर्ग कैसे बनेगा बड़े से बड़ा है ये कितने की लंबाई है कर दो हमने बीस की लंबाई काट दी तो ये बन गया बड़े से बड़ा वर्ग, वर्ग क्या तो हो तो गया बड़े से बड़ा वर्ग इसका तो हो गया बड़े से बड़े वर्ग बड़े से बड़ा वर्ग की जो भुजा निकल के आ रही कितनी कितनी है है साइड 20 20 20 मीटर एरिया होँआ? एरिया कितना कितना होगा होगा मतलब 400 400 स्क्वायर जो एरिया निकल के आएगा वो कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है सेंटीमीटर लंबे और चौदह सेंटीमीटर चौड़ाई के सेंटीमीटर लंबे और चौदह सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत से बड़े से बड़ा व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है टाइप टाइप में क्या दिया 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े oh, 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े लंबाई तो है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बड़े से बड़े व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े से बड़ व्रत बनाना है तो जिसकी जो ऊर्जा होगी उर्वानी की कितनी ले सकते ज्यादा से ज्यादा आप चौदह ले सकते इधर भी आपको कितनी लेनी पड़ेगी चौदह ही लेनी पड़ेगी मतलब पर हमने क्या कर दिया एक लाइन कर दी तो इसकी जो ब्रिडिंग ग्यास होगा वो तो कितना लेना पड़ेगा चौदह सेंटीमीटर ग्यास लेना पड़ेगा ये वाला हिस्सा चौदह होगा बाकी बच्चा चार हम भी कुछ लेना देना नहीं तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 14 में 2 का भाग है तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई मतलब 22 बटे सात आर का मतलब सात इंटू सात 7 कट गया 22 एक सौ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना आएगा इसका एक सेंटीमीटर तो स्क्वायर और कर देते हैं। एक क्वेश्चन क्वेश्चन और और देखेंगे। दिया हुआ है मीटर और मीटर लंबे चौड़े आयताकार पारक में चालीस मीटर लंबे चालीस मीटर लंबे और बीस मीटर चौड़े चालीस मीटर लंबे और 28 मीटर दिखी दिखी मीटर मीटर मीटर चौड़े चौड़े चौड़े लंबे और का का अधिकतम क्षेत्रफल अट्ठाइस की छोड़कर पारक का क्षेत्रफल कितना है इसमें बड़े से बड़ा चबूतरा बनाना वो वृत्ताकार अट्ठाइस है तो, तो, तो यहाँ पर हमें एक अट्ठाईस की लाइन कर दी अट्ठाइस मीटर वृत्ताकार चवरा बना रहा हैसी करी को जो ब्यास हुआ वो कितना हुआ 28 मिनट दोबारा से समझ लेते हैं क्या किया हमने एकायत कि है हमारे पास पासायत है जिसकी टोटल लंबाई है 40 इधर कितनी तो हमने एक वर्ग काट दिया यहाँ पर जितना जितना 28 का जिसका अभ्यास है अट्ठाईस मीटर, इसकी जो रेडियस छह सौ सोलह मीटर एरिया इसका छह सौ सोलह हुआ राइट एंगल में एरिया कितना है 40 40 कितना होगा? चालीस इंटू अटाइस चालीस इंटू अट्ठाइस मतलब कितना होगा अरे मैं एरिया कितना बच्चा हुआ एरिया कितना होगा ग्यारह सौ बीस में से घटा देंगे सोलह दस में से छह गया चार और कितना 11 में देग देग देग। देग देग पांग। पांग से गया जीरो 11 में से छह गया पाँच पाँच 4 मीटर मीटर कितना हो जाएगा 504 मीटर चार क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा दिया हुआ yes. एक वर्ग की पूजा 28 सेंटीमीटर एक वर्ग की 28 सेंटीमीटर है इससे बने बड़े से बड़े नद का क्षेत्रफल कितना हो तो एक वर्ग है इसकी पूजा 28 सेंटीमीटर है बड़े से बड़ा व्रत कैसे बनेगा इसमें इसमें बड़े से बड़ा व्रत बनेगा इस तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो व्यास है 28 त्रिज्या कितनी त्रिज्य हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी 28 में दो का भाग कितनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 हो जाएगी तो इसका क्या निकालना है दिया किसी? चौदह इंटू चौदह सात से कारतनी चौदह चौदह जूनी छप्पन अट्ठाइस छप्पन पाँच सोलह सैंती मीटर तो एक हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है अट्ठाईस है इसमें से इस बड़े से बड़ा व्रत काटना है जिसका क्षेत्रफल कितना होगा इसका क्षेत्रफल होगा छह सौ सोलह दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे 35 के एक का में अधिकतम क्यारी बनानी है तो क्यारी का कितना होगा इस बार हमारे पास जो वर्ग है वो ना, तो है ना 35 मीटर 35 मीटर का वर्ग है वर्गाकार क्यारी मनाती है पैंतीस एरिया कितना होगा डी कितना, कितना है हमारे पास पैतीस आर कितना होगा पैंतीस बटे दो एरिया कितना होगा इसका एरिया होगा पाई सात आर की वैल्यू है पैंतीस बटे दो और पैंतीस बटे तीन तो सात से कट गया सात पन्ह पैंतीस दो से कट गया ग्यारह हो गया हमारे पास कितना ग्यारह पच्चीस पचपन इंटू पैतीस तो पचास पच्च पच्चीस पांच ते ते ते एक की दो पच्चीस तो कितना है दो एरिया इसका आएगा दो नेम अठारह दो छह दो चार दो पंचोत्तर नौ सौ बासठ पॉइंट फाइव मीटर एक वर्ग का है जिसमें बीच में क्या है है इसकी भुजा कितनी है वर्ग की 35 तो भुजा जब 35 है त्रिज्या कितनी होगी 35 त्रिज्या होगी एक क्वेश्चन और देखेंगे एक वर्गाकार क्षेत्र और वृत्ताकार क्षेत्र का, का, का परिमाप समान है का क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 है तो वृत्ताकार व्रत की त्रिज्या कितनी होगी एक वर्ग है और एक व्रत है एक वर्ग है एक व्रत है ये हमारे पास व्रत है और ये वर्ग है इसका परिमाप होता है 2πr बराबर किसके वर्ग का परिमाप है टू a बराबर हुआ πr परिमापाई क्वेश्चन लिखा है वर्गा का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्र का परिमाप समान है वर्गा का क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 एक है तो एक एक। एक एक मतलब एक एक तो रूट तो लिए तो त्रिज्या की की क्षेत्रफल क्षेत्रफल है है तो का का क्या हुआ स्क्वायर मतलब तो हटाएंगे रूट क्षेत्र करेंगे बटे तो कितना से कट गया की जो वैल्यू समझ में आया होगा आशा करता हूँ आपको दोबारा से बता देता हूँ एक वर्ग है एक गायक है परिमाप इसका होगा होगा इसका तो टू पाई आरोप टू होगा 121 है मतलब स्क्वायर स्क्वायर का चढ़ गया से जो आर की की आ आ आ गई गई गई वो कितनी सात सेंटीमीटर क्या निकालना है आर निकालना था तो थैंक यू फॉर वाचिंग डेली क्लास लेते रहे यूपी टेट थैंक यू